हेलो हेलो गाइस तो आपका एक बार फिर से स्वागत है एकदम नई नई ताजा ताज ताज, फ्रेश फ्रेश स्ट्रीम में ठीक तो आप सभी के फिर से स्वागत है बंदन है नंदन ठीक है ये सारी बातें होती रहेंगी तो अपन अपनी मेन बात ये है कि आज ये मेरी कोकुर में चला के वहीं से लोग बोल रहे थे कि फ्री फायर भी कह ठीक है ये भी खेलो तो वही मैंने अभी डाला है पोल डाला हुआ है तो गाइस आप बताओ आप किस चीज़ की स्ट्रीम चाहते हो मीन कौन कौन से गेम में आप इंटरेस्टेड हो जैसे कि मेरे को अभी तीन गेम में ज़्यादा वो चल रहा है तो इसके लिए मैंने तीन गेम का डाला एक था बीजेम दूसरा था फ्री फायर और तीसरा मैंने डाला है पोकमन तो आप बता सकते हो गाइस आपके अकॉर्डिंग क्या है आपकी इच्छा क्या है ठीक है इच्छा के अनुसार चलेंगे अपन आप बताते जाओ उसके अकॉर्डिंग अपन चलते जाएँगे ता तो कांड होना ही है ना भाई इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप क्या चाहते हो क्योंकि जिस चीज़ को आप पहन करोगे उसकी तो अपन स्टीम करेगा स्टोरी तो कि हम स्टीम करते हैं आपको कुछ पसंद ना है। वो भी है ना इसलिए दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए बराबर ऐसा नहीं होना चाहिए एक तो ऐसे दोनों ऐसे बराबर होने चाहिए बिल्कुल सटीक बराबर एक ना उधर एक ठीक है तो आप बता सकते हैं आपको कौन किस गेम की स्ट्रीम चाहिए ठीक है तो आप सभी के सामने मैंने पोल डाल दिया तो आप जल्दी जल्दी बताओ ये पोल डाला रहेगा आज इस पर एनालिसिस करूँगा मैं ठीक है वैसे तो मैंने आज का थंबनेल भी यही है कि आज क्या खेला जाए बहुत मुसीबत मैंने आज वैसे फ्री फायर भी डाउनलोड किया है ठीक है देखते हैं इसमें क्या होने वाला है ठीक है अपने फ्री फायर में वैसे आकर मेरी जब तक मैं क्या, क्या? क्या चलाऊँ जब तक जब तक कोई है नहीं तब तक क्या चलाया जा वो लाइट के तो अपन देखते हैं कुछ कुछ अपन इंतजार में क्या कर रहा हूँ आप लोगों का ठीक है कि आप रिस्पॉन्स लेके आओ और अपन करेंगे जल्दी इसका होगा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दो तो उसके अकॉर्डिंग अपन आगे की बात करेंगे नहीं तो फिर क्या होगा कुछ नहीं होगा फिर जो होगा वो ओचाजी होगा फिर अपन अपने मन से करना पड़ेगा मुझे आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हम आपसे पूछ रहे हैं आपसे सलाह ले रहे पहली बार कोई बंदा सलाह पूछने आया कि सर आप क्या देखना चाहते हो आपकी इच्छा क्या है आप ओके सलाह नहीं दे रहा ज्ञान फ्री में ले रहा हूँ आप जल्दी दोगा ज्ञान फ्री में देना हो पटापट दो ज्ञान तो ज्ञान होता है टपा टप ज्ञान दे दो हमें भर दो ज्ञान जितना भर सको मना नहीं है आपके ज्ञान हमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है आपका ज्ञान से आप दे सकते हो हमें हम भी लेने ही बैठे हैं कि आप हमें ज्ञान दो यही हम चाह हैं अभी बता रहा हूं अभी दे सकते हो मौका ज्ञान देने का फिर मत बोलना था अभी बता रहा गाइस अभी अच्छा मौका है मस्त मस्त बताते जाओ जिसको जो पसंद आए ठीक है मैं तो बोल डाल दिया मेरे मेरे में, जो मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया अभी ये क्या हुआ है ऐसा उसकी प्रेमी डाउन हो जाती है कमी कोई नहीं गाइज तो आप बता सकते हो आपके ऊपर डिपेंडेंसी है मेरी आपको इंतजार कर रहा हूँ मैं कि आप कब बताओगे जल्दी जल्दी जल बता जाओ फटाफट क्योंकि अभी बीजेम का रिस्पांस आया तो बीजेएमआई के लिए लगूंगा यार कुछ या। कुछ पूछ रहे यार इंसान यार आप बता नहीं रहे हैं कैसे लोग हो यार चलो अब अब देखेंगे जो होगा भगवान जाने पहले तो मैं एक बार खोल के देख लेता हूँ फ्री फायर कैसा होता है फ्री फायर एक बार ट्राई तो करके देखें फ्री फायर ठीक है जब तक आप को को, आपको को आपको कोई विचार बनेगा तब तक हम देखेंगे पर अभी तो हम देख लेते हैं अभी तक तो साल बीजे मई के यहाँ रिस्पॉन्स किसी ने नहीं दिया आपकी दिक्कत है हमारी दिक्कत हो है जी क्या है बे ये लड़की का जब कुत्ता भी है इसके पास सही है देखते है देखते हैं कौन ज्ञान दे पाता है कितने ज्ञानी आते हैं ज्ञान देने तो प्रमोद बोलना क्या तुम यार ऐसा करते हो यार दोनों की I okay. get ओके गज अकॉर्डिंग टू वोटिंग हम ज्यादातर वोट आए हुए हैं बीजे के रिगार्डिंग तीन वोट आए बीजे तो हम कहेंगे बीजेपी ओके okay गाइस तो तो तो हो हो गया अपना कस्टम कस्टम रूम रूम स्टार्ट अगर आपको भी हो, तो बताओ मैंने पॉल डाले यार, आप कोई मानते नहीं आप यार। करो यार का यार। आप लोगों के लिए रिजल्ट आया मैं एक तो प्री पॉकेट की बोले रहा हूँ बिन पैसा ले सलाह ले रहा हूँ तो सलाह नहीं दे रहा टीम मैच लेट्स गो अमित मानना तो नहीं है तो तो तो रहा था टाइम टाइम ही ही ना है जे जे नहीं अबे भी तेरे जैसे रे सब चिपके-पके खेलते हैं साले कोई काम धंधे ही नहीं है ये पप्पी जप्पी चाहिए कुछ जाते हैं साला तो जो की पच जा खेलोगे और मरा देख अबे M249 ले पर रहा है पीछे लेफ्ट से आ रहा है लेफ्ट से अबे अब मान नाatul bhai नहीं हां हमिया छ हमिया रे एप्पल खाओगी No, निकाल कौन है? कौन करा? से आया ये nice भाई कहा किसको तेज हो गए भाई मेरा कोई किसको देखो तो खुलते से घोपड़ी ना फोल दे ऐसा कोई किसको हुआ जितने उन लोगों लोगन केहेंगे उतने सारे मेरे अकेले के हैं बे तू क्या कर रहा है तू कहां है बे ये दोनों अबे यार मेरा ये ऊपर से कैसा खाता है यार बार बार वो दिमाग करा अरे तुझे मारने का पैसा लेगा क्या तू आप हाँ, साला उसमें मार दे रहा, कवर में ही दे देता है अभी अबे दिया उसमें 105 सौ पांच दिया है, लगा अबे तू तो मार... मार रहा है साला दिमाग खराब कर रखा है हाँ मुझे ही मारो सबके सब मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है तुम तो मुझे मार रहे है बोल ले गया साला एक से बचो दूसरा लपेट लेता है अब बचा ले मुझे बचाता है नहीं अब भाई ये कैसे मार लेते है ये चिपक चिपक के बिल्कुल निकाल लॉन्ग लुँ... लॉन्ग रेंज खेलो मेरे से लॉन्ग रेंज पास की थोड़ी खेलती है अपन से लॉन्ग रेंज खिलाड़ी है लॉन्ग रेंज आ जाए उधर गया वो उधर से आ रहा है वो साला पूरा कैंप करे बेटा अबे दिया उसके चरणों में देख वो कितना तुरंत देता है वो बिलकुल ये ओम तो हुए यार इसमें यारे मैचर एंड होम ओम चला रहा है लेफ्ट से आ बैठा लेफ्ट से आ रहा है। अरे अतुल, कहीं के। निकल चीख वो भी निकल अब कहा से बैठे भाई ये बिल्कुल आख आख मुं लगा के ताड़ के बैठे हैं भाई गा वो तो साला मारा साल ने बहुत मारा मेरी शकल आ रही कि बंद हो गई भाई तो बीएस के बताओ आ रहे आ रहा हूं मैं अब अरे चेट तो आज खाली पड़ी है वे नू ब कहीं का तो चलो दो दो भाई जरा चेट मेखो तो सही हेलो हाउ आर यू हाल है मित्रों ऐसा लेखो तो सही चार वोट कैसे हुए बीजेम आई के वोट हो रहे हैं फ्री फायर का कोई लाखीएम आई के वोट हो रहे हैं फ्री फायर का कोई अनिल जा रहा है पता नहीं क्या हो रहा है ये स्ट्रीम ले कुछ सिखाया था ये सीखता नहीं दुण दुण दुण दुण है अच्छा क्या गंदा कर, कर तो रहा कहीं भी चलो यार अरे का, का, स्कूल स्कूल वार। तो है यार और अपन माइक नहीं आ रहा मेरा हेलो हेलो हेलो आ गई आवाज आ गई आ गई आ गई अरे कर रहा हूँ ना वो थोड़ा गिलेज हो गया था यार इस चक्कर में अरे बंदे आ गए नीचे अरे ये ईयरफोन थोड़ी बेसी है मेरी इसमें मेरे को थ्री पिन यूज नहीं करना होता तो मुझे टू पिन यूज़ करना होता है ना तो उसने ले लिया कैसी तो के वाली सस्ती वाली की महंगी वाली मतलब में, महंगी वाली कितने तक आती है महंगी वाली आती पंद्रह हजार का एलगाडो आएगा अच्छा। एक आध लाख का मोबाइल आएगा अच्छा आहा। एसेट प्लस से चलेगा तक नहीं नहीं वो आई फोन, आई फोन तो वो आईफोन आईफोन लो उसमें बहुत अच्छा है चैट बैन बैन भाई देखो है कर बैन हाँ। भाई। जैसे लाइव लाइव स्क्रीन पे पे स्ट्रीम चैट करने के लिए तो है ना आईफोन ही लगेगा भाई आप था। था। में खेलता हूँ तो तो उसमें फिर सेट कैसे कर रहे हो? तो मैंने तुमसे क्या पूछा था था कि महंगा महंगा चाहिए क्या सस्ता सस्ता वाला वाला वाला तुमने करा <laughs> क्योंकि आईफोन आईफोन नहीं लेना लेना चाहता मैं इस लेना था, मैं टाइम टाइम उस प्लस ले लिया? तो सस्ते वाले में क्या है ना आपको दो ढाई सौ रुपए का खर्चा आएगा बस है? दो ढाई सौ हाँ दो ढाई सौ अच्छा, भाई अरे वो, वो तो सब में चल जाती है, है। नंबर तो थोड़ा थोड़ा पूछने तो, दो कैसे? बताओ मुझे. देखो दो ढाई सौ रुपए ऐसे कि तुम्हें दो तीन चीज लगेंगे ठीक है एक तो तुम्हारा पीसी अच्छा पीसी सी है आप पेपटॉप है बड़ा वाला पीसी तो नहीं है हाँ मतलब लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड वगैरा है फिर ठीक हाँ हाँ तो बस बस, बस, बस, प्रेपर, बस प्रेपर्ण, प्रेपर्ण। प्रेपर्ण। कोई कोई एक में पक्का चलेगा अच्छा आगे का बताओ हाँ तो उसमें क्या करना? उस करना है उसमें तुम्हें अपनी यूएसबी कनेक्ट करना है ठीक है और ये फोन वाले से उसमें यूएस बी कनेक्ट कर लोग उसके लिए कोई है, जाता ए, एक स्क्रिप्ट फाइल रहती है वो आपको मिल जाएगी ऑनलाइन मैं नाम बता दूंगा अच्छा। ठीक है अच्छा। उसके बाद अच्छा। उसके बाद आता है तुम्हें केबल चाहिए मीन्स एक स्प्लिटर चाहिए जो होता है ऑडियो मीन्स जो अपना माइक से निकलती है ना मीनस गेम मोबाइल से साउंड हाँ हाँ। उसे दो भाग हाँ। में बांट दे एक आपके ईयरफोन में चली जाए अच्छा मेन यही चाहिए था था प्रॉब्लम क्या मेरे साथ कि जो मैं करता था ना कुछ एक वीडियो बनाया था मैं तो उसमें क्या होता था कि मेरा आवाज ही नहीं पाता तो कर तो करोगे ना तो उससे क्या होगा वो जो माइक्रोफोन लेगा ना उसके बाद गेम में बोलेगा तुम्हारा मोबाइल का माइक्रोफोन और उसके बाद जब तुम स्ट्रीटर कितने का का जाता है है है है यार का यार देख लेना या, मैंने तो क्या मैं लाया था था कोई सा पर मेरा गलत आ गया मेरे एक भाई अपना बनाता तुमसे कमी ये कि आते रहता विदेशी बहुत करके व्यू तो आते ही यार है भाई मेरे भाई भाई भाई का आ रहा यार हमेशा आते रहता है कितना लगभग आता मार लेते पहले मैं चले जाऊंगी लेफ्ट लेफ्ट से बंदा आ रहा पहले नॉक देता है भाई पहले नॉक देता है पूजा हेल्थ किट आके जीप है भाई दूसरी आ रही लो और अरे रुको मार्क द लोकेशन अरे मालक से ज्यादा बॉडी दिया उसमें वो भी आ गया दूसरा भी आ रहा कोई नहीं आने दो दे। देना देना और कैसे रुको रुको आ आ आ आ रहा रहा रहा रहा रहा है है है है अरे लो लो लो दो मैं देख रहा क्या कर रहा है लगा फिनिश फिनिश ये मेरे में कैसे दे दे रहा है यार अरे अर वो वो आ आ आ आ आ आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, आ गया, आ गया, गया। रुको रुको रुको कवर दो, कवर तो नेट गाड़ी के पीछे गाड़ी के पीछे location. देख रहो भाई। भाई। चलो मुझ एक हजार सब्सक्राइबा आने लगता तो है आ, कैसे बताऊं भैया का पता है तुमको कितना आता था पहले YouTube से सुन रहे हो एक बार बताया था तुमको कितना आता है है के करीब करीब आ जाता है भाई व्यू तो वगैरह कितने आते हैं एक साल पे तीस का करीब उसका क्या है ना करीब हाँ, करीब करीब साल साल में में या फिर के पहुंच जाता है है तो है है है अच्छा ना कि हाँ। हाँ। तो और और क्या भाई अभी जैसे सब्सक्राइबर गेमिंग है नहीं अगर गेमिंग प्लेटफॉर्म रहता तो अलग बात रहती सोचो बिना गेमिंग प्लेटफॉर्म के अगर तीस ले आता है कमा के सोच रहे लगभग पूछ पूछ के बताऊंगा पूरा मैं मैं मैं रहा भूल जाता, है। है मैं भूल जाता है। अरे लो नाम बताओ, नाम बताओ बताओ चैनल सट... का सत्यम सिंह से डालो इलेक्ट्रॉनिक का बनाता सारा जो भी उसका है सारा वही आगे सत्यम सिंह आगे, सिंग आगे? सत्यम सत्यम सत्यम सिंह सिंह सिंह नहीं नहीं नहीं अरे आगे आगे तो, तो बताओ यार यार सिर्फ सिर्फ ना आगे कुछ नहीं। डालो नहीं आ रहा इतने से, से अब नहीं पहले आए एक मिनट डाल दो लेके ले भाई दो नंबर से तो हो से होगा होगा नहीं नहीं यार मिला क्या चेंज कर दिया नाम सत्यम आता है क्योंकि उसका मेल आईडी है उसी से आता है हमेशा भाई मुझे दो सत्यम सत्यम या फिर 08 आएगा भाई सब्सक्राइबर पता तो है तुमसे कमी है भाई मैं देख रहा हूं गाड़ी यहां पे तो गाड़ी नहीं है चलो चलो चलो मेरे को छोड़ो फिर ऊपर जान हो जा मैं गाड़ी देख रहा हूं हो जा भाई रुक जा हां हां मैं आ रहा पैदल हाँ। पैदल आ रहा ओए अरे आ जाता मेरा अभी अभी हो जाता वो मोनेटाइज पर एक दिक्कत हो गई उसको चलते मोनेटाइज नहीं हो पा एक रिपोर्ट आ गई थी मेरे पे इसलिए कॉपीराइट आ गया मैं उसको लेके आता हूं भाई ये क्या ग्लिच है एक स्ट्राइक थी उसके चलते अभी नहीं हुआ वो जाएगा ले लेना सब मेरी दो नंबर कहाँ घूम रहा है बहुत है चैनल चैनल ये कि ज़्यादा किया अच्छा हम भी कर रहा है यार वैसे मुझे तो ऐसे ग्रो करना है थोड़ा सा उसके बाद तो दूसरा चैनल खोलना है okay. गाड़ी में आजा। मर गया ब्रह्मा Excellent work. ट्राई ट्राई ट्राई कर कर रहा था बचाले यार बचाले यार ब्रह्मा जी ने, ने पढ़ को प्राप्ति के प्राप्ति हो हो गई गई की आपको भाई आ भाई अभी देखना जा अरे अरे उस टाइम जैसे तूने किया था ना वैसे जंप का जमाना था तो हो जाता थे। भाई भाई भाई भाई ये है सब <laughs> स्टंट मारेंगे अभी इस गाड़ी में आवाज नहीं आती ये ये ये है पता का कितना है मेरे भाई भाई का अपना सत्यम सत्यम सच मारोगे मारो आ जाएगा पंद्रह के काट के कोई तो रहता है इसी पे ही होता है जो लगातार सोचो छोटा सा कौन से सब कुछ है है भाई भाई मुझे देव देखो, देखो देखो कैसे बैठा मेरा देखो। आज अरे तुझे तो दिख दिख रहा दिख सर्थ, रहा रहा होगा वो वो देख देख बंदा बंदा ये बंदा लगा इसमें लपेट लपेट लपेट रुक रुक इसका एक और ऊपर awesome. एक और है आगे। इधर आओ हाँ ना इधर उधर मत इधर कौन में आया करो मैं। 20 तो भाई फास्टर दे, दे देना एक फास्टर हो देना होगा भाई नहीं है फास्टर ऑसम awesome. वापस से कर बंद हो गया होगा वापस चला के कर भाई जल्दी जल्दी फास्टर दिया भाई ट्रिक आजमाता करता हूं थोड़ा ले लिया भाई ले लिया, ले लिया। भाई ये रह, ये रह। पर भाई कर दिया, इसको दिया। हाँ, एक में ही गया मारा बेचारे कोपड़ी है है क्या थोड़ा थोड़ा बहुत बहुत स्कोप चाहिए था मुझे ये फोरेक्स है इसमें। भाई। इसमें ना इसमें अरे इधर आ गया इसमो अगर देखिए तो बंदा मार कर देना आ गया आगे है बंदे वापस तो चला।, चला, चला गया भाई तो मैं मिनिमाइज कर रहा हूं एक्सक्युज और और के लिए के लिए के लिए किस लिए दरवाजा खोल दो दरवाजा खोल इधर दरवाजा खोलो आ जाओ किमारी डैम लो मुझे भाई चला आ रहा है आ रहा है और ब्रह्मा वायु ऑफलाइन हो गया ये आ रहा है बंदा भाई चला जाओ ऑसम awesome. देख ना और नेड आया नेड आया नेड चलो ने। एक नोक बचाओ बचाओ बचाओ बचाओ बचाओ एक लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट में लेफ में लेफ में लेफ में से आ आ मारो मारो भाई भाई ब्रह्मा राइट से गए अंदर गए अंदर अंदर अंदर मार दो अंदर। अंदर है अंदर ये रहा। अरे दो दो दो अंदर घुस के दे दो आ गया अरे यार बोंगोला बोचना बाय लाइक कर लो यार और वो दस लाइक होगा यहाँ से तो सही है थैंक यू समझ गए ऐसे ही रोज दस लाइक करा दिया करो बहुत बोस इतने अच्छे हो आराम सब लाइक कर देते हैं मैं थोड़ा ऑफलाइन होता हूँ एक सेकंड के लिए अरे ओके आना बिल्कुल ओके आराम कर के लिए अभी स्टार्ट तूने और क्या या ओके बताओ गाय फ्री फायर का ये काया फ्री फायर भी खेलेंगे ओके पर फ्री फायर भी खेलेंगे जल्दी कल देखते कल जिसको भी आता हो ना मुझे पानी आ जाने मेरी रिक्वेस्ट है आपसे क्योंकि मैं पहली बार खेलूंगा अभी तक मैंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया उसका इसलिए गए कर आप खेलते हो फ्री फायर और आप देख रहे हो तो आ सकते हो मेरे को ट्रेन कर सकते हो ट्रेनर भाई क्या को हो को गई आ रहे होंगे अभी रुको एंटर कोई काम फोन मुंह लगाना होगा आ, आ रहे आ रहे आ रहे, भाई। आ रहे आ रहे आ रहे तो है। ना बुंग थीज़ी थीज़ी आज गाय किसी को मोड़ बनना हो तो बता दो जल्दी फटाफट मोड बना दूंगा आज में आज पावर है मेरे पास जिसको मोड बनना हो जा चलो भाई भाई कर दो तो स्टार्ट भाई। भाई। अरे वो अपना तो आज अपन करेंगे टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे अपन I need a weapon. अपन सोच रहे हैं guys कि अपन जल्दी जल्दी tournament की स्थापना करें यार. e-sport की तैयारी करना है यार. Good luck, mates. आया good Excellent luck की कहाँ रहा है? Excellent work. Excellent work. Good luck, mates. Excellent work. ले ले ले भाई भाई भाई भाई लो दो नंबर ये पहले वाला कपड़ा पहन फिर इधर इधर हम कहो आवाज वगैरह कम आ रही हो तो बता दें जिससे थोड़ी और कुछ लिखो तो सही किधर चले तुम कुछ ओ हैं, मोर पर के, मोर बन के आज हैं। पर तो, चलो ले चले तुम्हें तारों शहर में प्यार ना करने दे एक्सीलेंट बग एक्सीलेंट सब एक्सीलेंट मार दो भाई एन फुल हो दो भाई नरेंद्र चंद्र भाई एन अरे अरे अरे तो भाई हैदराबाद की री बिल्डिंग आया कोशिश करो और बंद होगा सी बिल्डिंग पे तो इस वाली पे नहीं है इस बाल में नहीं है चलो चलो और ये पीक भी साला और मेरे अंक बन इधर इधर जाना, इद्धी जाना नहीं है। एक दो लैफ्ट दो, दो। से आ रहा है दो राइट right से आ रहा है गेट के पीछे दुआ ये नीचे है भे अपन क्यों डर रहा है Marked location. भाई आ जाओ. Oh, अरे उस गेट के पीछे बैठ जाओ उधर चढ़ के मलोन वो गेट अंदर की तरफ खोल के बैठ जाओ ऐसे बैठे हूँ मैं जब गन गन्ना अरे भाई, इद्री रहना इद्री रहना, छोड़ मुझे कोई आएगा कर अरे बामा भाई सब नीचे घूम रहे आ गया गया आ आ गए गए बंदे रहे गेट एक पीछे से आ रहा है अब पीछे भी आ गए यार ये दो अरे <laughs> आ रहे आज विजय में विजय में, दिज़ें में दिज़ें। आ तो गाय आ जाओ ओपन खेलते हैं पे चली थी भाई थी यार। भाई ओके लेजेंड आ आ जाओ अपन बीजे माई खेलते हैं आ जाओ टीम कोड अगर आपको दिख रहा हूँ तो, तो आप भाई एक हो गया था यार उसकी कल, कल खेलेंगे अपन जब बाहर की कुंडी हटता है तभी तो होगा बंद एक के कुंडी अबे जाएगा नेवर सही है ना लेजेंट उ और फ्री फायर नहीं खेलते आप लेजन बाय लेट्स फाइट टुगेदर भाई भाई नहीं खेल रहे खेलते हो तो मुझसे गा देना मजा नहीं आता आई प्ले करूंगा लेट्स फाइट टुगेदर तब करा था गेम आया मार्केट में अब तो न्यू स्टेट फोटो तो गन नहीं था तो उसको भी नॉक कर देता <laughs> न्यू न्यू स्टेट आएगा न्यू स्टेट खेला करेंगे अपन एक आएगा ये छोड़ के। वो अच्छा गेम है। कहीं भी चलो चलो चलो भाई जोर अरे <laughs> स्कूल स्कूल ही चलो भाई कोई अलग बिल्डिंग उन तो कोई है है है जाता है, जाता <laughs> तो, चलो लो ड्रॉप पे थोड़ा गन भी जाता है ना ग आई मेरी तो बन, तो कुर भाई, तो है भाई भाई ये हो हो जाना अरे कुरकुरे कुरकुरे पता है है है जो खेला करो करो और हैकर हैकर वाला है ना कंटेंट मिलेगा इसके बनाया करो तो, खेलने में बहुत मिलता ऐसा उसका उसका वीडियो वीडियो थोड़ा बनाओ कभी में में खेलते हो तो टाइम तो तो तो तो अबे घर क्यों प्रमोट करो भाई बंदे आ गए गए बड़ी बड़ी बिल्डिंग बिल्डिंग से ले ना कोई लेफ्ट नहीं नहीं तुम लोग पे जाना है भाई इसमें चलो अरे इस वाली में उसमें बंदा है कुरकु भाई, भाई उसमें बंदा है अरे भाई, है, ये आज़ा भाई आज़ा। मार दिया यहाँ अरे यहाँ कुे भाई यहाँ तुम बहुत लेट हो तो आते हो बात अगली बार मैं उतारूंगा गन भी मिले, बंदे भी बंदे बंदे खेल कर भाई देखो मेरे सामने सामने कोई कुछ उतार कहाँ है तुम आओ भाई <laughs> ये <रवाई दिखो। laughs> कुकुर देखो भाई झाड़ू में बैठ गए पे बुलाऊं गाइस गाइस संतरा संतरा संतरा आओ मौसम मौसम भी तो चैट में दो पार्सल करवा का भाई भाई आपके पास गन दो दो दो तुम्हे मिलती है बंदे <laughs> हमें मिलते हैं भाई बिल्डिंग पे नहीं तो दो दो भाई। <laughs> तभी तो, तो तुम्हें ज्यादा मार यार तो मैं बचाने के चक्कर में मारता रहता हूँ <laughs> भाई तो नंबर भाई, भाई क्या भाई क्या की ऐसे वीडियो के लिए मत अब इसके हाल चाल मौसम भी खाओगे मौसम भी मौसम भी मौसम <laughs> <laughs> <laughs> तो ज्यादा टाइम आउट देता है स्ट्रीम लोग एक सेकंड का को क्या लाइक लाइक यार भाई नहीं किया तुम दिख रहा है क्या थोड़ा बहुत देखो तो दिख रहा, देख रहा है नहीं ये तो क्या और भाई आपके पास अरे अरे भाई भाई मेन बिल्डिंग बंदे मैं आ गया गन तो क्या किया तो भाई मजा आ जाएगा कोई मत करो आ कौन का ले इस को क्या देखा अंदर दे न वॉच आउट बंदो भाई एक गंदो गंदो मार्क द लोकेशन भाई फास्ट दूर फर्स्ट अरे कुरकुरे भाई अरे तो कर लो कुरकुरे भाई तो कूद गए अरे भाई पुर पुर भाई ने कर लिया। Excellent work. दो नंबर कहाँ है भे? भाई दो नंबर देखो। दो नंबर भाई तो, तो, तो, तो दो नंबर तो जन्नत की शेर का रहा मैं अभी वाला चद्दर लेजा ओए तो वाला चद्दर एक सिंगल बैट कर लेजा या डबल बैट कर लेजा सिंगल बैट कौन सी कंपनी आता है अबे वो वाला लेजा बड़े वाला आई इतना को जाए हां बोंगो नीला पप पप प अरे ये गर्तो भी है जो उल्टा सीधा होता रहता है बहुत चौबीस में देता है बोलो बोलो भाई भाई लाइव लाइव लाइव आ आ रहे हैं अभी आ रहे। हाँ यार अपन तो ही चलते रहते हैं अरे, अरे यार तो भाई अब हमने बोला था तुम चैनल सब्सक्राइब कर लो यार तुमने करा ही नहीं है अभी पास आएगा आएगा ना सब्सक्राइब तो, आएगा। तो को बता ना। भाई क्या करूं? हीलिंग नहीं है तो बताओ मर जाओ अपन नया गेम खेलेंगे अब हम <laughs> <ने? laughs> कुरकुरे भाई सब्सक्राइब करने का कुरकुरे भाई है। ये साला जीरो दिखाती रहता है जबकि मैंने के लिए खोल के रखता हूँ अरे कब करा भाई मैंने अभी भी से भाई पर तुम्हारा नाम नहीं आया फोन <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> को, की बाल्ट लगा रहा है भाई के गाल <laughs> ही दे, देखो <laughs> <laughs> तो गाली दे रहा तुम हाँ भाई है भाई दीट दीट भाई साहब देख लो इंसान गाली समझ जहाँ इंसानी <laughs> है है। तो बिल्ली लेके आओ ना तब वो सुधर जाएगा भाई भाई भाई एक एक और फोन से तुम तो मैसेज तो कर दिया करो हा हेलो कुछ लिख लिख दिया करो अरे कैसे भाई तो नूब है क्या चलो आ जाओ एग्जिट कर दो ये तो टाइम तू भाई बिल्कुल चिकन दिलाना है तू कहीं मत जा आराम कर जा मत जा तू आराम कर चिकन लेके आना चिकन दो नंबर यू कैन डू इट ब्रो आप कर सकते हो बिल्कुल आर नहीं मानने का हम दे रहे हैं आपको ऊपर चिकन दिलाना है आपको कहाँ बोंग बोंग पाँग मजे भाई देखो कर रहा हूँ कर दो ना मैं बोलता रहा रहा हाय हेलो आया हाँ, करो कुछ भाई, भाई देखो मैं मैं अपने अपने दूसरे फोन से कर पर्सनल फोन से आ... संजीव नाम से संजीव रोये ठीक है देखते हैं ना आता है तो ठीक है नहीं आता तो ठीक नहीं है <laughs> देखो कर रहा हूँ भाई सब्सक्राइब भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ करो करो ना, ना देखो घंटी बजा दी कर दिया अब हाय लिख रहा मैसेज ही नहीं आया यार तुम्हारा तो अभी तुमने लिखा? मुझे तो मैसेज ही नहीं आया यार कर रहा हूँ भाई हेलो ब्रो करके कर रहा हूँ करो तो अरे तुम लिखो तो सही तुम्हारा नाम क्यों नहीं आ रहा? भाई, हेलो, देखो देखो हेलो आज हेलो ब्रो लिख दिया देखो आ, दे, आ गया आ गया संजीव वेलकम टू स्टे भाई देखो है संजीव कर दिया कोई नहीं उतारा कभी मुझे खेल खाता पैसा जमा जाओ आज तो बंदे मरे गए सब खत्म खत्म डेड डेड डेड सर्वर साला भाई गिर रहा मारना ज़्यादा ही कर देंगे फेंस रुक दे रुक दे रुक दे रुक। की पूंछ स्कूल ले चलूं जोर चले बता दो जरा बुंगो बुंगो पा पा। मैं तो देखो ये ऐसी आवाज आती है यार जैसे सब्सक्राइब होता है मैं तो डर गई पता नहीं जाला क्या अकेले चौगाया था कि तुम तुम्हारे साथ नहीं हुआ मैं मैं। तो डर की। अरे था कंटेनर पे तो उतारा था तुम नीचे गिर गए दिल गलती कर बेटा है गलती कर बेटा है दिल दिल गलती कर बैठा है अरे भैंस की गन्ना मिल रही इधर की भूसा इनका चचा को नमस्कार करूं भैंस की आख इसकी शॉर्ट गएगा तो मिले मिले भाई साहब है है पापा वाला फोन मेरा, मेरा वाल दे चलो चले इन पे बरस आएंगे भाई अभी तो भी बरस देने और भैंस की पूंछ ये तो यही नच रहा है वंदाई के आपके पास इधर बंदे हैं चलो भाई अब चलो m4 ले लीजिए गन फाड़ने चलते हैं लोग यहां अभी रुक जाओ कवर करो थोड़ा यहां बंदा हां परफेक्ट काफी है बम पे कर के अबे भोंसड़ी के भोंसड़ी के बम पे के आ फेक तू वो क्रॉस कर गया यार कहां भाई कहां मार करो वो का है तीजोर बंदा है अरे बंदा बंदा से मत पीक अच्छा आ जाओ इधर से आएगा वो बंदा अपन उस, उसे लपेटेंगे अकेला, अकेला है उसके साथी भी है एक हाथ दो चलो तो भाई ये के। अरे ये, रा, ये रा। अरे तुम कहा लपेट हुए रुक जाओ रहे हम इधर आओ आ जाओ कंटेनर पे आओ चलो चलो आपको करो करो अरे भाई मेरी करोड़ ने दो नंबर नहीं क्यों क्या हो गया भाई भाई अचानक आ गया जाओ उसकी कौन है दो भाई awesome. इसकी इसकी। है दो नंबर आपके पास उधर बंदा होगा आसम इसकी इसकी इधर भैया अंदर से दे रहा है क्या चलो ऊपर चलो ऊपर चलो उपर. के। आ जाओ आ जाओ चलो चलो रुको अभी रुको रुको अभी, रुखो, अभी रुखो। चलो। चलो। चलो, अच्छे बुर फाड़ दो आज बंदो की वो आप कस्टम स्कॉर्पियन ले पर रहा था मारता कमीन क्योंला अच्छा इस पे आया परो तो हीलिंग करो भाई एक किडला तो पेड़ दे मैंने भाई एक तक के पास आया तक मेरे पास आया ना एक और आसपास होगा कहीं जा जा जा आज कब चिचू खा रहा भाई अपनी खा रहा हूं अभी गया इतना मुंह से खा लिए ओ बेटा बता रहा हूं मेरी चीज को आदत मत लगाइए तो है बंदे अब अब जरा गर्मी आई में गन आई गन भाई भाई तक लाइक लाइक नहीं किया कर सकते हो हो क्या गया भाई, भाई, भाई कहा तो कि अरे किधर इसकी पूंछ जो सिटी वालों को ध्यान रखना बाहर सिटी वाले ना जाए मुझे लग भी रहता है यार मेरे आसपास कोई है यूज़ यूज़ करते हाँ, मम्मी। आ किसने यूज़ करते हो? हो? लोकल मम्मी मम्मी बुला बुला रही रही है। है। आ किसने दिया? कोई से, अरे लोकल यूज करता हूँ मैं भाई भाई भाई कितने वाला होगा दो मैं मैं तो भाई करता अरे वो क्या ओ, और दूसरा साउंड कम रखता ना इस चक्कर में मुझे अच्छी चलो निकलते है कुछ हाथ नहीं लगा यहाँ तो यहाँ पुलर मिली लेर भी मिली क्या नहीं किया नहीं मिली चलो चलो कुकुर भाई कहां चढ़े बैठे गिर जाओगे ऊपर से नहीं गिरूंगा भाई गाड़ी गाड़ी गाड़ी चलो हद के मतलब निकलना उतर लेना एक गाड़ी पे तीन लेने आए स्कूल स्कूल चले चले हम हम हम भा, नहीं भाई अपार्टमेंग अपार्टमेंग भाई भाई भाई अपार्टमेंट अपार्टमेंट चलना के के टीचरों जा रहा भैया आप मैं मैं कॉलेज पढ़ता ड्रॉप ड्रॉप है है इसकी है? भाई मैं तो में अच्छा ड्रॉप का गिरा कावे अभी नहीं गिरा माइक फट गया रे ये। भाई गिर जाओ भाई अब कौन सा सर्कल काटेगा जे अच्छा उधर का ही है आओ बंदा बंदा बंद कैसे पुलले भी भंग रहा है भैया बंदा था चलो चले बहुत सारा अरे बैठ जा बंदे भाई चाहिए अबे कोई दिया अबे मेरे कान के पास से गोली गई अरे तो ब्रह्मा अरे ब्रह्मा भाई कूद कहा तुम्हें ब्रह्मा भाई ज़हर तो? हो रहा है अपार्टमेंट हो तू तो डायरेक्ट भाई दो नंबर देखेंगे तो गाड़ी गाड़ी पड़ी बंद उसमें उसमें रोक रोक रोक रोक अरे अरे सामने बंदे थे इतनी दूर क्यों जाना अपने लेफ्ट या राइट में बंदा है या नीचे इवन, आगे वाली बिल्डिंग में बन रहा है रुक जा, रुक जा, रुक जा। क्या दे रहा है ये राइट में बोट आया लपेट लो उसे। बंदा, बंदा बंदा आ रहा है बेटा मैं तो जरा हेलमेट फोर दूंगा अरे साला गाड़ी आ गए, आ गई गए गए नेट नेट अरे अरे मेरे पे दो यार की नहीं नहीं मेरे पे लो दो जरा दो जरा रुपये तो एम आई नहीं थी अलग तो ही लड़ाई हो रही है यहाँ तो अरे अरे घुस गए यार हम गलत पम्मा भाई क्या कर रहा है? चलो आजाजिट करो अजाओ आजाओ आजाओ, आजाओ, आजाओ, आजाओ, आजाओ एग्जिट करोट अरे जब कहा गया दो मिनट हो गए नहीं खेल दे नहीं। अरे जब बाहर आज तो ठीक है तो, इं, इंटरनेट भाई इंटरनेट बोल गया हूँ क्या नहीं नहीं चलता चलता है है क्या लगा तो भाई आपकी कितनी की आती है मेरी की बीस की भाई मेरे तीस की आती है <laughs> हमारा <laughs> तो बीस तो का चलता हूँ लगा लेकर अच्छा, अरे अरे लगाओ हेलो हेलो लगा लगा लगा लो टीडीएम टीडीएम टीडीएम नहीं नहीं भाई भाई ले ले लास्ट इसके बाद एक मैच क्योंकि टाइम है पास चलो चलो चलो ठीक है पक्का पक्का पक्का आ जाओ कितने वोट अपन देख जाए ऊपर चल रहा है कोई नहीं की बात की जाए तो एक हजार पाँच सौ पचास सब्सक्राइबर हैं ठीक है तो सबको सबके वोट सब करो जरा यार जितने ज्यादा आओगे गए उतने वोट तो से मीन वो रहता है यार पता चलता है यार एक सर्वे लग जाता है Pokemon unite अरे करो यार सबके सब जल्दी से आ, अरे कर दे मेरा पिंग आ गया अरे आ टीम भाई चलो रेडी करो एक टीम में है। अच्छा अच्छा दोस्त था <laughs> चलो भाई रेडी कर लो कुरकुरे भाई रेडी दबाओ डायमंड के कुरकुरे हैं ये हमारे 11 ग्यारह 12 लाइक में चलो ठीक है अच्छे घास बोल भैया चिकारह किल की वीडियो डालता हेलो भाई। है जिस गेम में सही सही खेलता उसका डाला करो वीडियो बनेगा यार। अरे तो जो मेरी लाश बच जाती है मैंने रोज रिकॉर्डिंग करता हूँ ठीक है और ऐसा कोई मैच नहीं जाता जो रिकॉर्डिंग में तगड़ा जाए आज में एक खेला था सोलो सोलो था था मैं मतलब सोलो बचा स्क्वाड का गजब टू दमदार लास्ट में चिकन निकाल लिया नहीं अंत, अंतर्यामी टाइप अरे वो गाली गलोच भी कर देता है यार में गाली गलोच नहीं करना चाहता तुम्हारे जैसा नेट नेट सिर्फ रहता रहा, रहा, तो दे दे दे तो है है है है क्या क्या क्या वीडियो लगा तो लगवा लो ना ऐसा ऐसा कि मैं और वाईफाई का नहीं वाले साले सब देते हैं की अरे अभी नहीं लगा रहे आप तो अरे अरे अब आईफोन सिर्फ गेमिंग के लिए अपन देते नहीं या, गाली यार भाई वो तो देने को तो मैं उतर जाऊं यार बहुत देते हैं वैसे अपन <laughs> पर वो एक पार्टनरशिप ही आनी चाहिए न वो मैच नहीं देता यार मेरी फैमिली भी वीडियो देख ले इस चक्कर में एक बंदा, पे, एक बंदा पे, आगे मत आगे में। है मेरे पास अरे मेरे सामने तो दो बंदे निकल गए यार साला मेरा स्कोप रेड डॉट लगाता मादर जात आज आप पहके पूछ नुग नुग मारूंगा आज तो नंबर बंदा भाई गन ले यार गो तो भाई भाई भाई ये गंदे गंदे गंदे गंदे थे एक ही है कि यहां डी डीपी चनाराम है तो बस मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई चलो चलो हीलिंग है कि किसी के पास हीलिंग ही नहीं है यहां पर तो, तो, तो आराम करो थोड़ी देर आराम है लूनो की बूंद पड़ के आ रहा था बूंद पटे ना पटे हमारे ना पटे बीच में एक बंदा है इसकी पूछ आसम औरत तुमने बनलापेट और मैंने भी झंझलापेट फेंका अब और हाँ मैं ना थोड़ा घर में रहता हूं यार अपन घर के बाहर रहते तो तो अपन सब नंगा पुदंगा कर देते अपन बहुत मारते छोटे जिस दिन अपन घर के बाहर लाइव स्ट्रीम करेगा उस दिन 18 प्लस का साइन लगा के स्ट्रीम करूंगा मैं उस दिन आना कोई उस दिन सर्वर सर्वर शुद्ध न ना हो जा नाम बदल लेना मार मार रहा रहा बता तो दे कौन है है यार बोट वो पानी में जो चलते रहते हैं बोल वो अरे भैया तुम्हें डी पी चाहिए क्या मिल गई मिल गई तो एम टू फोर दे रहा है क्या है तो तो ले ले भाई पड़ी। लाओ गदर मचा डीपी डीपी डीपी लो मैं डीपी दे तुम्हें तो तो दो दो चलाओ ना मना कौन कर को है तुमसे लो दो awesome. ले भाई तु... तेरे पे पे क्या तू ये चला अरे तो है मेरा मेरा दे यार की मत मेरे मेरे ना मतलब और किसी को चाहिए हो उसे दे दो अरे ब्रह्मा भाई कहा गए मैं मुझे लूट मिल गया इधर ही काफी है इतना लूट तो तुम तुम ये घूम रहे हो मैप <laughs> में भी नहीं दिख रहा है तुम पांच किल पांच किल पांच किल और बागवान फिर तो तुम पे लूट पाँचो का तोड़े टाइप आ रहे तो सही पर है बंजारा इसकी धुन में दिल बंजारा दूम दूम ना ना सबने सबने वोट वोट कर कर अभी तक हुए और लाइक अपन आगे फ्यूचर में बीजी बीजी फ्री फायर भी ट्राई मैं ओनली फॉर यू और मुझे अरे कमेंट्री कैसे करते है कोई बताएगा ओ बंदा इधर है तोरे किसका मार दिया मारा बंदा मार दिया ओ, मारे बंदे के साथ अत्याचार हो गया दिलवा दे यार ऐसे कैसा दिलवा दे एम फोर तो हम चलाएंगे व्हीकल्स सब कुछ सर्च करवा लो। चाहिए, चाहिए। <laughs> वो भी तो एम फोर जैसी है बस फर्क जो है वो वो बस् चलती है अरे तो तो उनको लेके आओ नो किधर है चार नंबर है जान है किधर? नंबर बिल्कुल पे जब तक बोर्ड पूरा खत्म ना, ना, ना हो जाए इस टीम इस में सबसे ज़्यादा किल पे मैं अभी। भले ही डैमेज भी ना जब तुमने इतना दिया तो डैमेज तो आया होगा ना? इतने तो नही चाहिए गजब दो बंदे पर तुमने क्या मेरे अभी तक तूल हुए साफ करने अरे यार कोई आया नहीं या। यार यारोवा में हद हो गई यार फ्लाइट चोक देखो साल फ्लाइट पाथ था हमारे ऊपर से कोई आया नहीं भैंस की यहाँ भैंस की पूंछ ये गड्डी कैसे चलाते रहे ये तीन चकाई गड्डी ओ गड्डी लेमगी नहीं ओ पीला रंग दी चलाम। और ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे अरे कितना लूटोगे ये गड्डी गजब ही है इससे चलाने का कोई तगड़ा तरीका बताओ बहुत रोल पोल बनती है, ओ, बच गई। ओ, बच गई। और है कट मार दो रे छोटी सी गड्डी से गजब स्लोली, उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए हमारी गड्ढी तो रे उड़ी उड़ी जाए इन, कर दिया इन ब्रिज कैंप साफ कर दिया आप तीन तीनों होगा आपको बचों का कोई बा? और पूछ वो वो ही जगह बैठा है यार जान अरे वो वहाँ वो बैठा है अरे लेफ्ट में, लेफ में. लेफ में ब्रह्मा भाई लेफ्ट में है वो anyway. वो वो दिया अरेटे बेटे रिभा हो जाएगा वो तो बस, बस बस बस बस अरे यार ऐसे ही एक दिन में ओम के पटका दे दिया था ऐसे ही निकला तो साला सला कहा से निकलते यार। इसके यार। इसके इसके इसके। भाई आते आते नाव कुछ खेल कसम सब कसम जाने का कोई मतलब नहीं कहा ब्रह्म भाई साथ खेल निकाल के लाए पता नहीं कहाँ कहाँ से <laughs> भाई तेरा स्नाइपर स्नाइपर नीचे नीचे गया आ, नीचे गया। क्या? मेरा मेरे मेरे पे था मेरे पे। तो मिल चुका है एनएनई मिला ना अरे भैया अरे ग्लेशियर का धुआं निकलेगा अरे एम फोर के लाओ भाई तीन आखिरी मिलेगी नीचे डब्बा यार पता नहीं वो पीछे देखो एक को। हो गाड़ी है, गाड़ी है, जाओ अरे तीन नंबर कहाँ गए कुर्कुरा भाई गाड़ी लेने गए अरे मैं मर गया मारे गांत तुम तुम कैसे बात जा हो देखो मुझे मन कर रहा है मैं मेरा रीप्ले देख के एक बार कैसे देखूंगा मैं मैं तेरी है भाई बाजा कूदा कूदा कूदा कांड ही हो गया रीप्ले देख रहा हूँ मैं ये ने ने ये आ नहीं गेम गेम देखा देखा अभी गया मैं यहां से और उसके बाद मुझे नहीं देखा बंदा ये दौड़ते दौड़ता जा रहा था एकदम से झलक लगी और इतने में तो कटा Excellent. वो गया पानी में पैसिया डबल हैंड डी पी ने बजा दी सबकी बीबी पीपी -पी। एक को तो गाड़ी गाड़ी से ही दिया बिल्कुल बैठे-बैठे। तुम्हारा तो स्प्रे भैयाड हो तुम्हें हमारे अरे भैया तुमने रजिस्टर करा क्या वो आई क्यू की सीरीज हेलो तुँ गे, तुँ तो तो तो तो गेम डिनर डिनर अरे अरे नहीं बताओ सही तुमने वो वो का रजिस्टर करा क्या क्या करोड़ वाला नहीं किया, नहीं किया। तो अपन करें अपने टीम और अब तो मेरे दो, दो अपन दो और ढूंढ ले यार मेरे हैं डिवाइस भी आ गए तो मजा आएगा बस दस मैच खेलने अपने तगड़े वाले चिकन है chicken. लगा भाई पीछे. अब लगाओ. अगर अपन एक करोड़ जीत गए तो रुपया जाएगा अपना को थोड़े में पचास लाख मिलेंगे हाँ तो पचास लाख भी अपन जीत गए तो मजे ही मजा आ जाएगा मैं मैं सब है ना दस दस लाख दे दूंगा दे बीस लाख मैं रख लेंगे पांच पाँच लाख का मेरा सेटअप हो जाएगा फिर पंद्रह लाख की मैं मेरी सीरीज बनवा दूंगा प्रेजेंट बाय हो हार्ड लाख की एक बार में। नहीं पा, सॉरी पाँच पांच लाख की बनवाऊंगा पांच लाख की बी जी एम आई पांच लाख की फ्री फायर की चैनल तो ए, एक दो दिन में ग्रोथ हो जाएगा फ्री फायर का करवा दो बार मुझको देख क्या डिजाइन में बैठा मैं मैं वो गिले वो वो वो है बस दूसरे को नहीं देखता वो। वो अकेले भाई दे। ड्रिंक दे दो यार भाई भाई करने का साधन को दे दो भैया पानी वानी नहीं बिल्कुल वो चलेगी ना ड्राई लेंगे ड्राई नीट नहीं चलेगा चावल वाली चाहिए उन्हें तो बिल्कुल देसी चावल वाली और वाली लपेट के। और के क्या आ, तरा, तरा। वो सफेद पन्नी में आती है ना वो चाहिए ना बिल्कुल अरे ड्रोग, ड्रोग सामने चल चल भाई आ जाओ ब्रह्मा भाई ब्रह्मा भाई का नेट है ना बहुत ब्रह्मा भाई का <laughs> ब्रह्मा भाई का नेट है ना बहुत ही ब्रह्मा भाई नंबर तो तो <laughs> पे है वो तो तो है ढड़का लो ढड़ लो बंद कर लो गाड़ी बंद कर लो ढड़क जाएगी <laughs> अरे, अरे अरे अरे अरे वो भी बैठ जाता पता है वो ब्लेज करता अभी तो जा गाड़ी नहीं ये ऊपर चले जाओ ड्रॉप पे यार गाड़ी गाड़ी मिलांगी तुम्हें गाड़ी उठा लो यार से। वो भाई को लेके आ रहा रहा मेरे मिल गई अरे अरे चला रहा। डीजल क्या डीजल में लगाया कल कल मेरी चैट में एक बांग्लादेश से एक भाई आया मैंने बोल दिया भाई यार मुझे डीजल सप्लाई कर देजल हमारे यहाँ बहुत महंगा होगा मैं सप्लाई कर ड्रॉप तो पीछे होगा ना तुम जा रहे पप पप ये बंदे सामने बंदे भैया पढ़ी तुम्हारी हेलो हेलो तुम्हारा तुम्हारा अरे यार वो तो मेरे मेरे रूम में टेबल नहीं है नहीं तुम्हें है ना मेरे रूम में गाली दे दे के गदर मचा देता भैंस किया ज तगड़ी होती है कानपुरिया बंदा है यार बोई तो यार क्या का है कान रो कान प्रिया है भी तो होते हैं यार एनिमीज अहेड में भाई जोन बग बग की चोरी कर लो बग पूरा पूरा नीचे आ गए नेट फेंक दो पूरा पूरा पूरा अरे लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा बारिश हो गई बंदे की लूटो माते भाई बोने पड़ जाएंगे देख कुरकुरे भाई। भाई। भाई। भाई।, भाई।, भाई।, भाई।, भाई, तो भाई भाई भाई भाई अरे अरे हील लगा ले ले ले ले क्या मुझे बचा मारो ये मैं बैंडेज लगाओ सबसे पहले बैंडेजी सबसे एक बैंडेज लगा लो बच जाओगे बच बच बच गए गए गए पता नहीं से टे जल्दी भगाओ वो तो तो तो गाड़ी पे होगा बिल्कुल जोन काटेगा चलती गाड़ी में चेंज चलती गाड़ी में। कुकर दो बंदे बचे हैं हैं सिर। हम्म, दो बंदे बचे। दो दो बंदे बंदे बचे बचे दोनर लेकिन चाहिए हिल लगा लो हिलकरो पहले लगा दो रहे अरे, अरे बिल्कुल भर दे भर दे भर दे गाड़ी चेंज कर रहा है वो अरे गुजा गुजा गुजा गुजा गुजा अरे भाई तुम दे रहे यार लगा के वो गाड़ी लेके कुर्कुर <laughs> जो कौन दे रहा है धमकी के लगी मेरी मोत गलत मरी भाई क्या बात है चलो तो तो चलो चारी भाई चलो ठीक है स्ट्रीम बंद कर दे क्या चालू है स्ट्रीम तो चालू ही है चलो यार चाहिए स्ट्रीम पे चिकन तुम क्या हां ठीक है इतना इशू है नहीं भाई बता नहीं कोई नहीं तुम्हारा 10 बजे तक अच्छा चलता है अपन एक दो मैच खेल लेते हैं वो भी बढ़िया रूम बना लो यार रूम तो चलो कल खेलते हैं कल दोनों पानी आते भी खेलेंगे चार सवाल फोन चलो ठीक है ठीक है हां भाई मैं हो जाता हूं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके चलो गुड नाइट क्या खेलना है कुछ भी लगा लो यार कु, कु, कु, कुरकुरे भाई रूम है रूम कुरकुरे भाई रूम बना दो यार एक कुरकुरे भाई रूम बना लो अपन दोनों है ना जो डार्कू धोएंगे क्या भाई रूम है रूम तुम पे रूम काट भाई खेलो या खेलोगे चलो क -क -क कल खेलेंगे रूम में अब ब्रो मानो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग चलो रेडी मारो तुम ओके मिस्टीरियस वेलकम टू लाइक माइक तो करके जाया करो यार अभी तक चौदह हो गए दो लाइक बढ़ गए चलो कोई नहीं यार यारमी चलो रैंडम रे, की रैंडम के मजे लेंगे कि तो आपका स्वागत है <laughs> अच्छा ऐसा है आप समझ में आये वो कैसे हो जाता है मामा मठा लेके नहीं आए पखड़ी बनाते ना मैं <laughs> <बुलन> लगे <laughs> वो खड़ी लग कर दिया ब्रो टेंशन नहीं अरे कोई Let's नहीं भाई पता together. है मुझे आप पाओगे आप हमेशा लाइक दबा के जाओगे आप बिना लाइक के कैसे चले जाओगे आपको मोड हमने बनाया आप सपोर्ट दिखाओगे भाई का एमसीए चालू है है है कि गया चल चल रहा रहा ना हाँ तो वो उधर से हट के दूसरी जगह हो गए असमत ये क्या बोला है तो बेटर बेटर है है है तू तू देख अगर मेरी स्क्वाड बन गई ना करोड़ में लेके कब एक तुझे भाई हेलो भाई हाँ क्या भाई कौन हाँ वो भाई भाई हाँ उनका इंटरनेट चला गया तो इससे चलेगा कोई वो देखो माफिया किंग ओ, माफिया गिल आया था अबे तो गिल की कर रहा है है गिल का नाम रख के भाई <laughs> भाई लड़की हो क्या क्या नहीं, <laughs> नहीं मैडम वो कह दो हजार अरे दो हजार बहुत कम है जरा प्राइस बढ़ा कौन सी ड्रेस ये ये यार पता नहीं गलती से मिल गई थी या तीन साल से खेल रहा था मैं तो मुझे ने दे दी गलती से एक एक एक एक एक एक ही ही ड्रेस है है बस मेरे पे एक लोती। उसके अलावा नहीं कितने एक, टीम एक नीचे पूछ गई सामने सामने में में चलो इसमें इसमें आओ अरे भाई मुझे तो तेरी तुम तुम जा कूदो ना बंद मे, मेरे मेरे से मत कही ला से जाए तो किसकी इसकी आ, किसकी मुझे आ, उतरते सी मिली फ्लैर मिली बंदा आ गया बिल्डिंग में बंदा आ गया और मेरे पास बंदूक नहीं है छत पे है वो छत पे ऊपर नहीं है तो क्या भाई तो क्या कर ना ना बंदूक अबे अबे इधर ही है यार तू तुम कम हो गए अब तुम दूसरी बिल्डिंग में हो गए हम क्या कर abe yaar i'm really sorry ek aur banda aa raha hai bhai mat khel rahe mat khel kaun mat gaya mp mein spray nahi sambhal raha वो वाले के पीछे है वो वाले के पीछे कहाँ गया तू रिवाइव रिभा कर भाई भाई खेल रहा भाई। खेल रहा सही तो लगा भाई जल्दी अरे दे दे दे ले ले ले ले यार ले जल्दी ले ले दे तो भी यार जल्दी भाई भाई भाई पट्टी पट्टी पट्टी पट्टी भी जी मारो मा फिर तुम तक करो हो गई मेरी मार मार। गया गया हाँ ले ले का टोचन ले। का मार, है। मार के कर दे भाई। भाई थोड़ा थोड़ा थोड़ा राइट घुमाओ तुम अभी लेफ्ट घुमाने का क्या हाँ, और, और और और लेफ्ट आ, लेफ्ट घुमाओ साइड वाली विंडो विंडो पे है, उस साइड वाली हाँ, ये इस और और और और, और हाँ, इस पर अरे घुमाओ वहा है, <laughs> तो आ, है। तो आवाज आ रही क्या मेरी आ रही है ना चलो भाई भाई पूरा लगा पड़ा है। वो वो वो नहीं टैप टैप टैप टैप। टैप टैप दो मारो। अबे कहां गया? ही अरे पास चले जाओ रे दूर से होगा। भी नहीं है ना तो पास जाके भी क्या करेंगे अरे दो को तो मान ना। पास चले जा रहे नहीं संभल रहा इस पर है भाई रेड रेड भाई तो पास हो लो तो भाई पास ले मेरे पे भाई ये देखो मैं दिवाली मना के से जाऊंगी तो भरना समझा वो लेफ्ट से एक बंदा आ रहा है वो, वो रोटेशन दे रहा है देख अरे मेरी तुमने एमो खत्म करवा दिया यहां पे लेट के मार लेट के मार गया जा रहा है जा रहा अभी तो दूसरे को भी खत्म कर दूंगा वॉच आउट अब वो भाई उधर नाक में तो गए भाई वो सामने की हूँ। तो भाई का, मार रखे का रखे कहा है मारू कहाँ है बे ऊपर ऊपर ऊपर भाई ऊपर है ऊपर कैंप कैम्प चालू है क्या हां भाई एक तरह ये दोनों में दो बंदे निकले हेड हेड मार हेड हेड मार हेड मार हेड मेड मेड नहीं है दो गोली से मार देगा ओ भाई वा वात वात खोपड़ी पड़ी मैंने उसकी बिल्कुल और भैया कितनी क्या भैया और कम गोली से उतने मारना था भाई आ जाऊँगा भोजा भाई वो ड्रोप आ जाऊँगा आपका वो तो अपने बेस्ट करके आया था प्लेयर और क्या भाई देखा मैंने जमील तो मार बत तो मैंने सोची मेरी आखरी जिंदगी है जय जयर होगा भाईया जयर हाँ से नहीं तो कंप्यूटर डाले पता भी नहीं जयर होगा जयर तुम देखो ना हार दो गई ही उसकी पूरी कुछ दो गोली साला बस दो दो दो दो में में में पूरा <laughs> पहला गया गया दूसरा ही उसने एचपी तो नहीं मरते उसका हेलमेट डाउन होगा इस चक्कर में भाई एटारे भाई एटारे। क्योंकि एक तो हेलमेट फूट जाता है तो आधी एच पी हो जाती है और उसके बाद दूसरा भी हेड लगा लगाना उसमें अरे था हेलमेट था। हेलमेट जैसे पड़ा था ना हेलमेट टूटा था उसका आप कोई मिल जाए वहां कदम एम टू फोर का चखना चखाऊंगा पिछली बार इसी ब्रिज पे मेरी मौत हुई थी मुझे पुरानी यादें आजा हो गई कोई नहीं है जाओ अरे आप मैं तो इतनी दूर से आया था इंतजार पिछली बार यही ब्रिज पर बंदे पर होते होते रह गया था इंतजार कब तक हम करेंगे भला जे, जे गिल क्या कर रही भैया देख क्या गाइस अगर आपको वो मोमेंट का कर दो में कैसे बंदा पेल दें, तो आप देख सकते हो मैं तो है ना वो वो वो उसकी दो वो, वो, वो गाड़ी गई गाड़ी, गाड़ी अरे ये साइड में वो गई गाड़ी मार मार मार सिक्स लगा सिक्स लगा अरे M24 544 अरे चांद का पैदा मानू ये ऊपर बैठा एस है एस्केम गुड जॉब गज्जा भी एक ही अपील देओ एक ही एक ही खुश खुश खुश अबे लोड कर रहा है उसको मार भाई कुचा ओ भाई के बुक ये तो कोर मिल हैं कैंप पर तो तो यहां बंदे रहते है। देख लेना खत्म ही हो गया तो गेम बज गए गुच्ची हुई थी ये कुरकुरे आया नहीं है अभी तक गलत काल के चक्कर में में डब्बा बन गया मेरा छत छत पे पे तो, आ, तो क्या पता पत तो... थी कि तुम <laughs> तुम दूसरी बिल्डिंग में नाच गाना कर रहे हम तो सोच रहे थे ना हमारे साथ हो गए मेरे पास बंदूक नहीं बंदूक चलगी रे बंदूक चलगी मिल जाते, फिर कोई टेंशन नहीं मैं तो इतना बढ़िया M24 का निशाना आ कोपड़ी कोपड़ी मेरी चलो रेडी करो कुकरे भाई डायमंड कुर कुरकुरे अरे तुम कुर -कुरे। <laughs> कुकुर नाम है उसका कुकुर कुरकुर <laughs> है बोल पर अब अपन नाम ऐसा रखेंगे <laughs> पोटेटो चिप्स टोमेटो चिप्स चिप्स सही है ना पूरी चिप्स चिप्स, चिप्स चिप्स चिप्स चिप्स स्क्वाड रखेंगे भाई भाई जब रीनेम कार्ड मिल जाए ना दो तब बताना हेलो जब दो दो रीनेम कार्ड मिल जाए ना तब बताना पर अपन अपनी स्क्वाड का नाम रखेंगे पोटेटो चिप्स ऑनियन चिप्स टोमेटो चिप्स I need a weapon. अरे ये काय का किलच है? हाँ ये बंदा मेरा दौड़ी नहीं रहा. Hello. कहाँ गये? इनकमाई गया क्या? किलच होगा यार. ये तो यहाँ तो जी जो है. अरे मैं यहाँ royal pass खरीद लो. साढ़े तीन सौ लगा के. बहुत मिलेगी तो मैं legend, legend मिलेगा. Legendary, legendary मिलेगा. इनकी आवाज चली गई हेलो इनकी अरे डार्क सोल बिल्कुल लास्ट में कैसे आए अरे डेड फूल और डार्क सोल गजब नाम रखे हैं रखेगा गजब अरे मेरा वो लोड कोई नहीं ग्लोबल फिर फिर तो वर्जन की गेम आ रही है ग्यारह ग्या तो तो नवंबर को मजा अरे हाँ ये में तो बहुत है भाई आ, वो वो गजब आ मतलब उसके जो ग्राफिक्स वगैरह है न, जैसे का तो PUBG तो इंडिया रहता ना हाँ इंडिया का आ गया ना पहले नहीं था इंडिया का अभी आया कुछ दस ब... एक इस भाई, एक इस है, एक इस इसके अपने लेफ्ट में भी एक स्कोर्ड है वो देख लो ओरे भैंस की आंख मेरे पे कूदा जाए तो अभी अभी आ गया वो मतलब पहले नहीं था जब अल्फा टेस्ट टू में भी नहीं था भाई कंधे यार तो चलकर लेके घूम रहा हूं बाप बनाना भाई ये सबसे बड़ा हो जाइया चल निकल किसकी आंख तेरी अबे यार तुम्हारी किस्मत फूटी अबे इसको बंदूक मिल गई मैं शॉटगन लेके आ गया हेट एक्सीलेंट वर्क जानना है यार। मारा क्या था ना उधर जान ना ना है मुझे कहा तक जाएगा उसके दोस्तों तक जाएगा ना वो इसी इसी तो कॉम्बो तगड़ा वाला आख कहा तो तो तो। रहा ये बंदा कर रहा भाई भाई किधर है भाई खिड़के से ही खिड़की से खिड़की से ही मार दे खिड़की से ही मार दे भाई तो। देखो इधर तो। दे। दे से दिखता है इधर से बंदा दिखता है इधर से बंदा मार मारूंगा ही मैं तो भी ऐसे मोबाइल मोबाइल लिया थैंक यू <laughs> ना ना होती तो से तो मैं चलो ब्रो ब्रो बाय ओके गुड चढ़ाइल फटाफट खत्म करके फटाफट ही चाहिए तुम रूम है है क्या पे पे मेरे पे नहीं है। मेरे तो नहीं तो ड मार, मार। ही तो नहीं है यार सबसे बड़ी दिक्कत चल रही है गया पीछे बम शक्पे, शक्पे। औरो है? गया बोल पहले ही दिख वो रहे हैं तो अब मैं कहा से देता और नोक निकल गया तो उसका है है ना मेरी फ्रेम रेट कम पता रूम रूम रूम रूम बना लो यार लो रिया मैं, कांगे। कांगे यार लोग देख में मिनट वो क्या के जो तुम बोलो फोर चलो एम टू फोर बड़ा दुख होता है एक कई रूम की कमी है कहीं बोले मेहनत कर कर के रूम बनता है बहुत मेहनत कर कर बहुत मेहनत कर कर के एक रूम की व्यवस्था होती है मेरा अभी ट्वेंटी वन सिक्सटी चल रही है टीम मैच लेट्स गो। अब आया देखो। दिल को करारो पांच या। पड़ा यार लगा था उनका पता नहीं कहीं से कनेक्ट हो जा रहा है भाई हाँ दुखे बैठे थे कैसे निकलते हैं बिल्कुल पटाक से देख के पता नहीं बैठे होंगे और दे देते हैं आज आज गाय पता नहीं याद नहीं नहीं याद एक मिनट पाउडर वो है ना अपनी स्क्रीन हार्ड पे पे पे खेल खेल रहा रहा मैं 60 नहीं ओ कहा देतेविंग मोड लगा है मैं। जब मार रहा है ना जाओ मारूंगा मैं भी मारूंगा होगे तुम तुम मुझे पता है तुम एक एक बार बार उधर हो कहा मार लेते हैं <laughs> भाई मजाक उड़ा ले भाई हमारा मजाक उड़ा ले हम नूब है ना इनसे जीतना अच्छा। बहुत मुश्किल काम होता है मुझे यार जब फुल जाए हैं और मैं फिर आप जा हाफ जाए ये कॉम्पिटेटिव प्लेयर हैं अरे कैसे यार कैसे आठ का आठ का बड़ा हो गया यार इनकी आप तो बहुत हो गई यार बाहर नहीं हो रही आज तो और अब आई नहीं रही पे और बिल्कुल ये गेम नहीं लग रही यार वो गाय बिल्कुल बैठे थे बिल्कुल लगा के बैठे थे कि कपड़े फोड़ूंगा हाँ गए जे अरे एक तो लग जाए यार एक भी कनेक्ट नहीं हो रहा यार अरे एक तो हो जाए यार गए तो अपन आज आर गया मैं तो बुरा ही हारा हूं मेरी एक एक कनेक्ट नहीं हो रहा एक भी कहा सौ पांच एक सौ पांच लग रहा है। एक सौ बीस तो लग ही नहीं रहा भाई गई भैया दे तमाशा दे तमाशा पांच मिनट मारा पांच मिनट में मारूंगा वही राउंड पे आओ बाहर आओ ये निकलो अब राउंड पे निकलो तुम अब राउंड शुरू होगा अपना और तो चाहिए, बारा का कोम्बो बनाना पड़ेगी नहीं रहे आज आज यार जाकर कितनी अच्छी रहेगी है। जल्दी और लगा यार इनमें यार तेरा पॉइंट चाहिए गाय चार मिनट में तेरा कैलकुलेट करो वो पहला पेट लिए इनमें लगता है यार बोर्ड मतलब कलर दिखता है चमकता पर असर नहीं होता मार पा रहा है मेरा एम ही नहीं लग रहा पता नहीं कहां जा रहा है मेरा एम ही नहीं जा रहा यार। बचे। अब जरा एम आएगा। यारेगा से पहले ऑन कर लेता जैसे तो भी नहीं यार गए तो एक सौ पांच एक सौ पांच लग रहा है बस एक बार मैं अभी एक बार देना बस आज तक नहीं रहा दो सौ मैच में से एक बार कैसे चिपक जाते हैं बिल्कुल बैठे रहते हैं निकल और मैं देर हूं ऐसी रहती होंगी और उन लगा यार इनमें भी यहां दिखता है इफेक्ट दिखता है पर लगता नहीं है पता नहीं इनका कैसे पड़ जाती है हमारी भी, भी वो ये एंगल विथ थर्टी सेकेंड लेफ्ट थर्टी सेकेंड लेफ्ट रहे उड़ उड़ कैसे Red team victory। जी हम तो हैं। चलो आज के लिए एक ना एक दिन अपन जीत के देखे मारा तुमने तो हमें यार हेलो हेलो पता मारे रमया हेलो वो है ही नहीं यार हमें धोता तो वो बना देता है यार लोग चले यार आज के लिए इतना ओके okay गाइस फिर मिलेंगे अपन दोबारा नए गेम के साथ मैंने कोशिश करेंगे अपन ठीक है गाइस रूम का उस दिन एक, एक दिन तो आपको दूंगा वो भी रियल दूंगा जैसे यार फेक बनाई वीडियो देंगे असली बिल्कुल इन्हें हराने की पूरी तैयारी एक, एक ना एक दिन तो हरा कर रहेंगे मिलेंगे कदम बाय